नमस्कार दोस्तों मैं आज स्वागत करता हूं आपका विजयपद डिफेंस एजुकेशन पालमपुर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपके लिए हिमाचल पुलिस की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जो है वो हिमाचल के खेल पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं तो हिमाचल में जो सबसे पहले जो मेन प्रश्न जो पूछे जाते हैं खेलों से संबंधित तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पशुराम पुरस्कार तो हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो पशुराम पुरस्कार है इस पुरस्कार में जो है वो हमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है पशुराम की एक प्रतिमा दी जाती है और साथ में नगर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है तो ये पुरस्कार है? है दूसरा आ जाता है अर्जुन पुरस्कार तो अर्जुन पुरस्कार हिमाचल में जो है वो बहुत से खिलाड़ी जो हम लोग को प्राप्त कर चुके हैं सुमन रावत जिन्हों को 1987 में जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था और ये प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्हें ये पुरस्कार मिला है उसके बाद जो है राम शेखर जंग जिन्हें निशानेबाजी के लिए जो है और गीता गीता कोसाई जो है वो हॉकी में जो है पूर्व कप्तान रह चुकी हैं इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार जो है वो मिल चुका है और ऊना के चरणजीत सिंह को 1964 1964 में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था तो इनको भी जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है विजय कुमार को 2007 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसी प्रकार से दीपक ठाकुर जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार अब तक मिल चुका है इसी प्रकार से नेक्स्ट आ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो उसमें हमीरपुर के बड़सर जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है के उपमंडल के हसोर गांव में जन्मे हैं ये विजय कुमार तो इन्हों को भारतीय यानी कि भारत का जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है और ये एकमात्र हिमाचली है जिन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार जो है वो सन दो में प्राप्त हुआ था इन्हें और इन्होंने जो है लंदन ओलंपिक 2012 में 12 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता था ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है पदक जीतने वाले एकमात्र हिमाचली है दूसरा सबसे बड़ा है महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले तथा खेल विभाग का गठन भी हुआ है जो कि 1982 ईस्वी में किया गया था तो ये भी प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है एलाइड और एचएस लेवल के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट आ जाता है एक और है महत्वपूर्ण जो खेल है वो हिमाचल के बीड बिलिंग में खेला जाता है जो की है पैराग्लाइडिंग का तो वैसे हैंग ग्लाइडिंग होती है यहाँ पर हैंग ग्लाइडिंग बीड बिलिंग जो है वो बैजनाथ के साथ 15 मीटर किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर हैं ग्लाइडिंग करवाई जाती है जो कि वर्ल्ड कप भी यहीं पे होता है तो ये आपको दिमाग में रखना है कि पैराग्लाइडिंग जो है वो कहाँ पर होती है इसी प्रकार से एक और है गोल्फ कोर्स ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि शिमला के नालदेरा यानी कि शिमला जो हिमाचल की राजधानी है और चंबा के खजियार में और सोलन के चैल में गोल्फ कोर्स है तो हिमाचल में टोटल गोर कोर्स कितने हुए टोटल हुए तीन तो तीन गोल कोर्स हुए एक शिमला का नालदेरा चंबा का खजिया और तीसरा सोलन का चैल तो ये आपको याद रखना है इसी प्रकार से रूलर स्केटिंग स्कीइंग जो है वो शिमला मनाली और की में होती है और इसका जो बहुत ही लुप्त उठाते हैं जो भी पर्यटक हमारे हिमाचल में घूमने आते हैं नारकंडा सोलन नाला में भी स्कीन की जाती है तो आप इसको भी अपने माइंड में रखें प्रकार से जो है हमारा अगला आ जाता है क्रिकेट तो क्रिकेट के क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट जो पीक पर जो हमारी पिच है वो चैल सोलन में स्थित है और ये समुन्द्र तल से चौबीस 2445 किलोमीटर की की की दूरी मतलब ऊंचाई पर जो है है। जो है है है समुद्र तल से और और मैदान सर 1994 में बनाया गया था हिमाचल क्रिकेट टीम ने 1985 रणजी ट्रॉफी का मैच जो है वो भाग भी लिया और राजीव नैयर को पशुरा पुरस्कार भी मिल चुका है जो कि ये चंबा जिले से जुड़े हैं तो जितने भी चंबा जिले से जुड़े हैं जरूर कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने व्यक्ति जो है वो चंबा से जुड़े हैं इसी प्रकार से फुटबॉल देश का प्रथम यानी कि भारत का प्रथम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है कप 1888 में शिमला के नाल नालेड मैदान में जो है वो खेला गया था और ये प्रतियोगिता जो है एशिया की सबसे प्राचीन विश्व की दूसरी पुरानी प्रतियोगिता है जो कि सर डुरियर ने जो है वो शुरू की थी और ये प्रतियोगिता जो है सन 1940 तक शिमला में आयोजित की जाती थी भूपेंद्र रावत ने सन उन्नीस सौ से मैं फुटबॉल में जो है प्रतिनिधित्व भारतीय टीम का भी किया है तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार से हॉकी प्रदेश के दो हॉकी टीम खिलाड़ी जो हैं जो जिन्होंने भारतीय टीम में जो है कप्तानी की थी और अर्जुन पुरस्कार जो है है है वो जीता है। नाम है चरणजीत सिंह और सीता गोसाई तो दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है हिमाचल जो थे जिन्होंने ज्वाइन किया तो तो आप याद रखें जी चौधरी चरणजीत और गीता गोसाई जो है वो हॉकी से जुड़े हुए हैं इसी प्रकार से विद्या स्टॉक दो दो बार भारतीय महिला हॉकी संघ की जो है जो अध्यक्ष रह चुकी हैं। शिमला के शिलारू में एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम है जिसका निर्माण जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है तो यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से निशानेबाजी पर चलते हैं तो सिरमौर के शमशेर जंग ने दो में मैनचेस्टर राजमंडल खेलों में तीन स्वर्ण सन 2006 में मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में पांच स्वर्ण पदक जीते थे उन्होंने पदक पिस्टल शूटिंग में प्राप्त किए। मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेल 2006 खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की डेविड डिंसन ट्रॉफी प्रदान की गई हमीरपुर के विजय कुमार ने दिल्ली 2010 और ग्लास को 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो है वो स्वर्ण पदक जीता और इसके अलावा 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था इसी प्रकार से 2012 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया तो विजय कुमार को पद्मश्री भी मिला हुआ है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हिमाचल के किस खिलाड़ी कि को जो है वो पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो विजय कुमार आएगा तो इसी प्रकार से दोस्तों भारोलन की बात करते हैं तो हिमाचल के विकास ठाकुर जो है वो भारोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग के लिए जो है सन 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और सन 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में तो राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने पदक जो है वो जीता था तो आपको गर्व होना चाहिए हिमाचली होने पर और इन हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए तो एक लाइक बनता है दोस्तों तो जरूर शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की रोचक और जानकारी हिमाचल से जुड़ी हुई लेने के लिए तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार